हरे राम हरीम झिम भ भरते सम सम सजन नहीं आय राम हरे राम हरीम झिम भ भरत सम सम सम सामना मा सजन नहीं आय राम हरे राम हरीम झिम भ भरते सम सजन नहीं सजने नहीं आए ये रामा सजने नहीं आए ये रामा सजने नहीं आए ये रामा सजने नहीं आए ये रामा हे आरे राम जिन भर के समन मान नहीं आए मर थे समन मा सजन नहीं आये राम काली, काली बदरा गिर गिरियाए काली काली बदरा काली काली बदरा काली काली बदरा गिर गिराए चमक बिजरिया मनवा डराए चमकी तो बिजूरिया मन मारद आए यारामा रिम झिम भर चे चम सदन नहीं आए रामा यार रामा रिम झिमि भर चे चमला काली कोयलिया पुके सुनाए काली कोयलिया पूनाए नती नती मोरावा मन हर चाये नती मोरावा मन हर मन हर तो रे रामा व्याकुल तो भये तो पर नमा सजन नहीं आए ये रामा या रे रामा रिम झिम भरते सजन नहीं आये रामा रे रामा रिम झिम भरते समनमा सजन नहीं आय